तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है उत्तर है आपको एक कार दिखाई दे रही है और साथ में एक टिक दिखाई दे रहा है इस प्रकार लड़के का नाम हो जाएगा कार प्लस टिक बराबर कार्तिक